हाथमले के नरिया रगोला हाथ धमले के नरिय रगोला जो हिल गोसैया के बा आई ए बाबा और घर सम्हारी पूजा कहीं छठी मैं के आई बाबा और संहारी पूजा कई छठी रगोला हाथ में लेकर रगोला हरे आई बाबा और जी कठिन आई बाबा और कठिन साख बनाई के पूजा कनी छठी माई के गौरथ साखी बनाई के पूजा कनी छठी माई के काट बात के डलिया मंगवनी फल फूल से घर के सजाम काट बच के मंगमनी फल फूल से घर के सजमनी दूध लैनी धेनु गैया के दूध लैनी धेनु गई याके, अरे आई दादा परक्समारी आई बाबा के।, के और पात मंगाई के ठेकुआ सजाई के और पात मंगाई के सजाई आज हल्दी हलदी का आज हल्दी हलदी का अरे आई दादा अरघ संी आई दादा अरग संहारी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 जप तप कई देवा कहने छठ मैया हरे आइए बदा हर कमारी पूजा कहने आइए बरख हम हारी पूजा कहने छठी मैया के आइए बदा और खमहारी पूजा कहने छठी मैया बाबा परख हमारी पूजा कैली अभी भैया